छतरपुर में वन विभाग के डीएफओ की कार्य प्रणाली के खिलाफ छह रेंज के 250 वन कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं हड़ताल पर गए वन कर्मियों का आरोप है कि डीएफओ बेवजह किसी भी शिकायत पर जांच करा रहे हैं और उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं जबकि डीएफओ का कहना है कि इन वन कर्मियों ने वन संपदा को नुकसान पहुँचाया है जिस पर कार्रवाई की जा रही है छतरपुर में डीएफओ से नाराज वनकर्मियों ने वन मंडल अधिकारी के नाम ज्ञापन दिया है वनकर्मियों का कहना है कि डीएफओ एफ ओ बेवजह किसी भी शिकायत पर उनकी जांच करवाकर प्रताड़ित कर रहे हैं जिससे वे डीएफओ से प्रताड़ित होकर अनिश्चितकालीन छुट्टी पर जा रहे हैं वहीं इस मामले में डीएफओ का आरोप है की बड़ा मलहरा और बक्सबाह रेंज के बीट प्रभारी के खिलाफ शिकायत मिली है उनके द्वारा वन संपदा का नुकसान किया गया है विभाग के नियम अनुसार उनसे वसूली करने का प्रावधान है इसीलिए हड़ताल पर गए वनकर्मी कार्रवाई से बचने के लिए इस तरह के आरोप लगा रहे हैं एकाध का मामला नहीं है और एकाद जगह कार्रवाई भी नहीं हुई तो खुद कह रहे हैं की पूरे डिविजन में जहाँ शिकायत होती है वहाँ पे हम कार्रवाई करते हैं वहाँ पे हम जाते हैं सिर्फ एक पर्टिकुलर रेंज की हम बात करेंगे तो वो चाहे बक्सवा हो चाहे बड़ा मल्हरा हुआ शुरुआत जी जरूर है कि बड़ा मल्हरा में जो है क्योंकि ज्यादा रेत तो खनन हुआ है तो वहां की ज्यादा कार्रवाइया हुई हैं तो हमारा प्रयास तो यही है कि, कि हमारे कर्मचारी भी इस चीज को समझें और अबारो तो बिल्कुल नहीं सही है मेरे हिसाब से क्योंकि इंटेंशनरी कोई प्रताड़ना वाली चीज तो हो ही नहीं सकती और जो भी हो रहा है जो भी हुआ है वो शासन के नियमानुसार हुआ है